कल दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि श्रम कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है और डिजी लॉकर का अकाउंट भी उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से बनाया जाता है आज हम उसी डिजी लॉकर के बारे में एक वीडियो और लेकर के आएँगे उसमें जो नई सर्विसेज जुड़ी गई थी हाई स्कूल और इंटर की तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हाई स्कूल की मार्कशीट आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी डिजी लॉकर के द्वारा जो वेरीफाई है उसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं जो कि पूरे देश में मान्य है तो इसका हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको डिजी लॉकर सर्च करना है डिजी लॉकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से नज़र आएगा मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन इस पर क्लिक कर देना है ओपन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं डिजी लॉकर का इंटरफेस इस प्रकार से दिखेगा यहाँ पर आने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कोविड सर्टिफिकेट क्लास टेंथ की मार्कशीट ट्वेल्थ की मार्कशीट आप यहाँ पर देख सकते हैं पर आपको इस पर नहीं देखना टच करना आपको यहां पे एक्सप्लोर मोड़ पे क्लिक क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर हर प्रांत की हाई स्कूल का या जो भी गवर्नमेंट सर्विस है हर स्टेट का यहां पे दिया गया है तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आप जहां के भी हों आप अपना प्रांत चुनें उत्तर प्रदेश इस उत्तर प्रदेश पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्सिट का ऑप्शन दिया हुआ है ये देखिए क्लास टेंथ मार्कशीट यूपी स्टेट बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर दर्ज करना है रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने लेना है कि आपने किस सन में हाई स्कूल पास किया था तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया सन को इसके बाद गेट डॉक्यूमेंट इस गेट डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये क्लास टेन की मार्कशीट फेचिंग हो रही है तो दोस्तों देख सकते हैं क्लास टेन की मार्कशीट हमारी डाउनलोड हो चुकी है और डाउनलोड होने के बाद आप ये तीन डॉट जो देख रहे हैं इन तीन डॉट में देख सकते हैं यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं आप चाहें तो पीडीएफ फ़ाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं रिफ़्रेश कर सकते हैं हटाना चाहे, डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं और आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ईसू बाई यू स्टेट गवर्नमेंट यूनिक डाक्यूमेंट आइडेंटिफायर तो ये दे, देखने के बाद आपको मैं मार्कशीट ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मार्कशीट है यहाँ पर डिजी लॉकर वेरीफाइड का निशान भी लगा हुआ है जिसको आप एक तरीके से मोहर भी बोल सकते हैं या डिजी लॉ लॉकर सिग्नेडों डेट 28 आठ जिस तारीख को आपने डाउनलोड किया है तो वो आपको यहाँ पे तारीख भी दिख जाएगी ये और बार कोड ये यह, यहाँ पर ये यह फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि अगर आप ऑनलाइन प्रमाणी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना चाहेंगे तो आप ये बार से वेरीफिकेशन कर सकते हैं और ये एरो का निशान जो देख रहे हैं इस एर के निशान से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो दोस्तों आगे की और भी जो सीट की वीडियो है मैं आपको लाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि किस प्रकार से डाउनलोड होगी बाकी मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों धन्यवाद